a कल मेरी किस्मत मेरी जो तू खोले नयन लगी भक्तों को तेरे तर्श की लगन जग किस्मत मेरी जो तू खोले नयन लगी भक्तों को तेरे तरश की लगन हो खोलो अखिया ओ मैया करूं माँ खोलो ओ मैया विनती करूं चरणों को लूं जागो जागो भवानी सुबह हो गई सुबह हो गई देखो सूरज की किरणें बिखरने लगी करने लगी जागो जागो भवानी सुबह हो गई सुबह हो गई भीड़ भक्तों की आई मां तेरे द्वार पर सब पे उपकार फर्मा अठासी शून्य अस्सी चालीस इकतीस नौ je pa